Dolor. Poner garra. Eso es relevante. Obé. No key, no key, pero obé, bro. Buena. राइटर है यहाँ पे राइटर क्या कौन है ऊपर क्या? है। गेड़। गेड़। गेड़। गेड़। गेड़। गेड़। अब देखते हो ऊपर बाहर मारना था आए, भाई कैसे लोगे भाई पहले मैं वही बोला मार दे मार दे पहले ही मारा नेट करा वो नेट करा आ रहा है वो तेरे पे नो अरे नीड़ ना अरे भाई भाई क्या लैग कर रहा रहे हैं अबे यार ये क्या हुआ Had you on my mind, and it's not the first time we've gone through this.